हेलो गाइस गुड मॉर्निंग राम राम सभी को वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर तो भाइयों आज मैं जाऊंगा कटिंग कराने के लिए देखो बेड़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी है और बाल भी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं हम चलेंगे पंचकूला कटिंग कराने के लिए और भाइयों मेरी इस वीडियो को एंजॉय करना लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बहुत से व्यूअर ऐसे हैं देखते तो हैं वीडियो बट वो सब्सक्राइब नहीं करे यार सब्सक्राइब करो चैनल को सपोर्ट दिखाओ थोड़ी तो चलो दोस्तों चलते हैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं इस व्लॉग को इन्जॉय करना तो चलो गायब यो चलते हैं अब अच्छा बहुत खड़े हुए थे ओ आरा पिक्चर मैं सेड भी लगेगी डी ओ मेरा हेल्ड टायर बाहर को ऐसे मुड़ा पता हूँ तो इतनी साइड से बाहर को डालते हैं तो बाहर को तो मैं सोने का दो मिनट क्यों नहीं वो ना खींच तो <laughs> के पंपर किसी के मेरे टायर पे लगी मैं कह रूक जा दो मिनट रुक जा मैं ना जी खींच के देगा तो भाई ये पहुंच गए हैं हम चलते हैं और कटिंग कराते हैं चल फिर तो <laughs> चलो करवा लिया कटिंग एक इसने भी इस इसकी गलती होगी हमें बार बार पूछी जा रहा है कैसी बनी है कैसी नहीं कर बना दी वीडियो तो भाई अब हम चलेंगे घर नहा धो के निकलेंगे बाहर फिर घूमेंगे तो मैंने, मैंने ना और अभी बना दिया उसने तेरे बैक साइड पे <laughs> तो भाई अब हम जाएँगे घर ना के बाहर बाहर घूमने घूमने निकल निकल निकल लेंगे निकल लेंगे फिर जाएंगे अब करानी है कटिंग दो मैं आप दो हफ्ते हफ्ते आप बाद ही कटिंग गाड़ी बीच में करवा देता एक बारी आफ्ते, आफ्ते या दो हफ्ते में एक ही बारी आप बारिंग अपनी दो हफ्ते बाद करके कितनी तो कटिंग करी थी चला गया था तो उसको लेने गया अभी अमन वो आ जाता है एक बार फिर चलते है यार ये दोनों सा चलो फिर घर पे घर पे नहीं मेरे को छोड़ना पापा के पास मनी माजरा है वो तो लॉन्ग रूट पड़ गया अब इसको मनी माजरा छोड़ के आना पड़ेगा मेरे तक एक वीडियो कोपीराइट भी आ गया वो भी चक्ना पैना पता नहीं क्या हो गया यार ये तो जो कॉपीराइट दे दिया वो भी हटाना पैना है आड़ी वाड़ी जाओ आंगड़वाड़ी में जाओ द वॉइस आड़ी वाड़ी वा आंगड़वाड़ी में जाओ ये बिल्कुल अब चलो गाइस चलते हैं इसको छोड़ने और भाइयों मेरी वीडियो को लाइक करना और आप सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों सब्सक्राइब किया करो कुछ नहीं लगता है एक बार सिर्फ क्लिक ही करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे हम गरीबों का भला हो जाएगा <laughs> तो गाइज सब्सक्राइब कर देना चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत और वीडियो को शेयर करना और हमको सपोर्ट like, करना share, आ, और सब्सक्राइब और बेलाइकन को दबा देना निकल जाने थी, आगे वाले ने काम खराब कर दिया इसको नहीं आती इसको पता की। यानी की पहले में में साइड okay? तो तो मैं तो सारा प्लेट भी तो मैं वो नंबर भी है चाहता हूं इसका चलानो। <laughs> चलान किया जाए इसका पहले उधर ट्रक के पीछे जा रहा था फेर नहीं तो क्या हुआ तो चढ़ दिया मेरा हम सब काले तो दो दो दो। <laughs> का है इसको निकालो इसको महेंद्र की कुछ आपत्ति है मारिए दादा कहां से पकड़ इधर देखो काली सी और उधर स्कॉर्पियो है लो कौन सी कंपनी की है चल लो चल लो महेंद्र महेंद्र भी जा ले फिर स्कॉर्पियो चल ठीक है फिर जा मेरे को देखना नहीं वो वही नंदी इधर से आलू के पराठे बनवा के ले आ गाइस और या अकेला खाएगा मोटू नहीं नहीं नहीं नहीं ना ना तो तो गाइस चलते घर देखियो के बैठा चंडीगढ़ तो के अंदर ये लगा के रखो बेल्ट नहीं था चल आनलाइन आ जाएगा मेरा एक बार ये आ गया था रात की शादी भरना बड़ा मुझे तो चंडीगढ़ में बढ़ रहे चंडीगढ़ में क्या सारे के सारे लॉटर हो गई ये तो पैसे की वेस्टेज है एक तरह से चलाना और रखेगा तो हमने चार कटियां रखनी है हां चारों एक मेरी चारों का नंबर है चारों का एक ही नंबर रख लेना हां 2800 0028 ये अपडेट नहीं है ये मेरे नंबर वाला रख लो बाकी पांच पांच तो भाई मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ खाना पीना जो मैंने खा दिया है अब हम चलेंगे बाहर शाम में गेड़ी लगाएंगे आपको आकेला बोलोगे दिखाता हूँ मैं तो चलो भाई चलते हैं तो भाइयों ने नीतिश को उठा लिया घर से। अब हम इसको घुमाएंगे और का गेड़ी मारेंगे तो और टी शर्ट भी लेने जाना है गाइस हमने हम वो भी लेने जाएंगे तो चलो चलते हैं भाइयों व्यू देखो कितना प्यार आ रहा है से रोकेट भी पाले बर्गर लिखा नहीं? क्या नहीं आ तो ऐसा रंग नहीं कोई था सच में छपा दो गाइज नीतीशो काना इसने ऐसे रंग काले इसने कच्चा डाला सर कोई वाला पयो जिनेण बैठ गया था रंग थोड़ी ना समझो सेकंड नंबर लगड़वा गले का सेकंड वाली कौन सी यार लग गई ए ठीक लग रही है ठीक लग रही है वैसे बस यूनिफॉर्म देखते हैं उतार के। कोई दुकान जी मत पड़े। थोड़ी फेमस ही टाइम होणा जे बिनि दबोगे। चलो काम करें एक लगा रेड लगवाएं। गाइस हमने तीन लिया बिन दिन का एक लगवाएंगे। उसका साथ। यार निचे छाड़ी पास हो। तो गाइस रेड बड़े खेल रहे हैं। तो पसीने वीडियो वीडियो के प्राइस पसीने छुट गए अभी आगे पीछे हाथ मार रहा फैसे रहे पैसे निकल नहीं रही अभी ग्यारह बहुत भैया सस्ता कर लो खरीद चलो फिर घर चलते आगे दोबारा शॉपिंग करेगा जब YouTube मनी आएगी बात तो भी YouTube